ये आसमां में खिड़कियों से देख तो पहाड़ों को यूं छोटे से लगे है कितने बड़े जो हो सामने दूर जो है खड़े उन्हें भी ये हमारी जिंदगी उतनी ओ सी छोटी छोटी सी लगे हे कितनी बड़ी नहीं जानते घर तेरा ये चाबी कि गूंज ऐसे तुझे डरा रही तू डरना